लगाया है ये मैं जानू या वो जाने क्यों लगाया है ये मैं जानू या वो जाने ये मैं या वो पूछ लिया से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानू या वो जाने ki भी नहीं रोज मेरी भी नहीं रोज मेरी मेरी ही नहीं ये कैसा जादू चलाया है ये कैसा जादू चला बदनाम का फल क्या पाया है मैंने क्या खोया क्या पाया है मैंने क्या खोया क्या पाया है ये मैं जानू या वो जाने।, जाने मोहन से